छतरपुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ने स्कूटी को टक्कर मार दी टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर एम्बुलेंस के न पहुंचने पर दोनों के शव को वाहन में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया घटना छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है डम्पर छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पंजन की कंपनी एम मिलर का बताया जा रहा है दंपत्ति स्कूटी से अपने गाँव लवकुश नगर जा रहे थे तभी रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को कॉल किया गया लेकिन जब एक घंटे तक इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो पिकअप वाहन से शव अस्पताल भेजे गए फिलहाल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है खत्म हो गए दो ही जने ट्रक ऐसी खत्म ऐसी किसका था इनको पतजन महाराज को दिराएगी है। विदाई की। विधायक जी का गाँव जा रहे थे तिल्लौी के पास है नंगरौली स्कूटी जा खड़ी थी। ये जानकारी नहीं पीछे से मारा ना ही देरी तिराहे पर एक्सीडेंट होने की खबर प्राप्त हुई थी उस समय हम श्रमदान का कार्य करा रहे थे याद हुआ कि इसमें एक पति पत्नी एक्सपायर हो गए हैं मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर पहुँचे उस दोनों शवों को एक पुलिस के वाहन में एक पिकअप के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए थाना पोस्टमार्टम कक्ष में पहुंचाया गया है डम्पर की सूचना मिली है अभी एग्जेक्टली चुपी मैं घटनास्थल पर नहीं था हम सिर्फ वहां पर शव वाहन को ही हम शवों को ही शिफ्ट कर पाए हैं। इससे पूर्व क्या घटनाक्रम क्रम हुआ है जानकारी में नहीं है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं